अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं सब्जी रोटी या दाल चावल खाना किसे पसंद नहीं है खैर यहाँ बच्चा तो नहीं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है एक बच्चे का वीडियो यहाँ कहता है कि यू यू यू वांट टू ईट रोटी एंड सब्जी नो नो और राइस दाल थैंक थैंक वो नहीं खाना की दिल